बोला तुझे यारे अज मेरी गलियाँ बसाऊँ तेरे सुन में अलग दुनिया बुलावे तुझे तो मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं दुनिया ना एक अभी में जरा भी बस एक तू तो हो एक मैं हूं और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू तो चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू सस बेब तेरा लिख दे मैं जी जब जब तेरा दिल धड़के करता ये ही राहत तो जिसे मेरी चाहत तो जिसे मुझे बस नहीं रह लगी है तेरी मुझे जब से तेरे को भी लगते। हाँ तेरे भी बरस तुझे और गलियां बसाऊं दुनिया जो मोह तू दस मुझे देखे हंस दे तू चाहे मेरे हक की जंगी ने रख ले तू सभी ते नाम तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के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 मेरा नहीं फोन उठाकर उससे पूछ क्यों नहीं लेतीमी तो ना आया क्यों नहीं सच पता नहीं सच अच्छा सच तो ये है उसने कभी